पेन ड्राइव को बूट करने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पावर आईओएस ये मैंने सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड कर रखा है अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन uh, में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जिस जिसमें मैंने वीडियो में बना रखा है हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो राइट क्लिक करके एक्स्ट्रैक्ट फाइल uh, हेयर पे आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट हेयर पे जी हाँ इस आपको क्लिक कर लेना है पहले क्लिक करते ही आप आप देख सकते हैं एक विंडो खुलेगी और यहाँ से एक्सट्रैक्शन आपका चालू हो जाएगा ये आप देखिए खुली और क्लोज़ हो गई फटाफट हो गई और फोल्डर आपका बन के आ गया सामने इसको ओपन कर लेना है राइट क्लिक किया मैंने ओपन कर लिया इसको ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फोल्डर हैं मेरा बत्तीस बिट का सिस्टम है मैं इस ओपन कर लूँगा ओपन करते ही मेरा अप्लीकेशन का फोल्डर ये सॉफ्टवेयर आ गया सेटअप इसको मैं रन एज ऐडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करूँगा ये इसका कुछ सेटअप आ गया है इसको मैं आई एग्री कर दूंगा फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दूंगा क्लिक करते ही ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीट आप देख सकते हैं नेक्स्ट कर दूंगा इस सेटिंग को हमें छेड़ना नहीं है इसे ऐसे रहने देना है क्लोज कर देंगे ओटो बूटअप को मैंने क्लोज कर दिया है अनटिक करके क्लोज़ बटन पर क्लिक कर दिया है मैंने और इसको मैं आप क्लोज कर दूँगा ये इंटरनेट खुल गया है इंटरनेट को इसको क्लोज कर देना है आपको और बाहर आ जाना है बाहर आते ही आप देख सकते हैं आपका पावर आयोज का आइकन बना आ गया है ये आपका इंस्टॉल हो गया है प्रॉपरली नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है आपको अपना पेन ड्राइव को ओपन करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव है इसको मैं क्या करूँगा फॉर्मेट मार लूँगा पहले आपको पेन ड्राइव को पूरा खाली कर लेना है तो राइट क्लिक करके मैंने फोल्डर के फॉर्मेट uh, के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है ये सेटिंग है इसकी इसको आपको डिफ़ल्ट ही रखनी है और क्विक फॉर्मेट पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं वार्निंग मैसेज आता है कि हम आपका पूरा जो सॉफ्ट डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा तो आपको जस्ट ओके कर देना है ओके करते ही आप देखेंगे आपका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा पाँच सेकंड का टाइम लेता है वो होते ही आपका कंप्लीट। जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेट कम्प्लीट ओके बटन क्लोज कर देंगे उसके बाद और बाहर आ जाएंगे बाहर आने के बाद हमें सॉफ्टवेयर को रन करना है तो राइट right क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका दिखने वाला है ये आ गया हमारा इंटरफेस इसका ये अभी कंटिन्यू एज़ अनरजिस्टर्ड पे आपको इसके बाद क्लिक करना है ये अभी आने वाला है ये आ गया इसको आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड करके और आपको अब जाना है कहाँ पर टूल पे जो आप टूल टैब देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे तो आपको सीधा नीचे जाके क्रिएट बुटेबल यूएसबी ड्राइव इस पे आपको क्लिक करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लैच करके तो इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका आता है सोर्स इमेज फाइल तो जो आपकी इमेज फाइल है उसको आपको यहाँ पर ब्राउज कर लेना है मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर विंडो इमेज नाम से एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर ही मैंने ये सेटअप फाइल रख रखी है तो इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है डेजिनेशन यू ड्राइव तो हमारा पहले से सिलेक्ट है सेंड डिस्क जो हमारा पेन ड्राइव है बाकी आप किसी को सेटिंग को छेड़ना नहीं है और आपको जस्ट इस्टार्ट बटन पर आप क्लिक कर देना है जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक मैसेज देगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे जो सा, सारा डेटा वो का ओवर हो जाएगा तो इसको आपको ओके okay कर देना है जस्ट और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो है स्टार्ट हो चुका है ऊपर ज़ीरो परसेंट और आप देख सकते हैं बढ़ गया है ये एक परसेंट हो गया है तो ऐसे ही थोड़ा टाइम लेता है ये करीबन पाँच से सात मिनट का टाइम लेता है अपलोड करने में पेन ड्राइव को बूट करने में तो मैंने वीडियो को आगे बढ़ा दिया है आगे बढ़ा दिया है देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 80 परसेंट लोड हो चुका है कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखता है देखे देख सकते हैं आप ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ओके बटन पे आप मेरे को क्लिक कर देना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर